आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि 16 सितंबर का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया सोमवार का दिन आप लोगों को कैसे विशेष बनाना है इसके लिए हम आपको प्रयोग भी बताएंगे तो अंत तक दर्शकों हमारे इस राशिफल पर बने रहिएगा पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबंध दो हज़ार छिहत्तर सख परिधावी नामक संबत्त सर है सूर्योदय होगा प्रातः पाँच मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः मिनट पर दर्शकों पंचांग का जो क्षेत्र हमारा है ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है और नक्षत्र रहेगा रेवती और इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र रहेगा दोनों ही गणमूल नक्षत्र है यू कह सकते हैं पूरे दिन गणमूल रहेगा आज करण रहेगा गद इसके उपरांत वरिज और अंत में विष्टिकरण रहेगा वार रहेगा सोमवार योग रहेगा वृद्धि इसके उपरांत जो योग रहेगा तिथि जो है दर्शकों द्वितीय तिथि रहेगी दो बजकर पैंतीस मिनट तक की इसके उपरांत तृतीया तिथि लग जाएगी हमने आपको पूर्व में बताया था कि द्वितीय तिथि के दिन बैगन नहीं खाना चाहिए और कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन जो तृतीया तिथि है तृतीया तिथि के दिन आपको परवर का सेवन नहीं करना है यदि आप परवर का सेवन मान लीजिए करते हैं तो शत्रुओं की वृद्धि होगी आपके काम बनेंगे नहीं ये बिल्कुल अकाट्य है और यदि ये हमारी बात पर यकीन ना हो रहा हो, तो आप केवल तृतीय तिथि के दिन परवर खाना स्टार्ट कर दीजिए छः महीने एक साल के भीतर आप देखेंगे कि जो आपके सामने सर नहीं उठाते थे वो आपके सामने आपको मारने के लिए दौड़ेंगे तो इतना भय जो है भयंकर हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी गई हैं ना तो ऋषियों ने कुछ उसके लॉजिक दिए हैं ऐसे ही नहीं हमारे शास्त्र लिखे गए हैं गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था आत्मा अजर व अमर है अभी हम 9 सितंबर का जो है हिंदुस्तान पेपर पढ़ रहे थे दर्शकों उसमें लिखा था वैज्ञानिकों ने माना कि आत्मा अजर और अमर है केवल ये शरीर छोड़ती है शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है तो दर्शकों ये तो जो है भगवान कृष्ण बहुत पहले ही गीता में कह गए तो वो नई चीज़ हम लोगों के लिए क्या है हम लोग तो वैसे भी बहुत आगे चलते हैं अभी इनका चल रहा है जो है 2019 चल रहा है हम लोगों का विक्रम संबंध देखिए 2076 चल रहा है तो हम लोग इन लोगों से भी बहुत आगे हैं हम लोगों का जो पंचांग होता है ना दर्शकों कहीं ना कहीं वैज्ञानिक लोग इसकी भी जो है कॉपी करते रहते हैं सूर्य ग्रहण कब होगा चंद्र ग्रहण कब होगा तो ये सब चीज़ें भूकंप कब आएगा प्राकृतिक आपदाएं कब आएँगे तो ये सब चीज़ें ज्योतिष करती थी पहले के समय में राज दरबार में देखिए राजा लोगों के लिए जो है एक विशेष जो है राज ज्योतिषी रहते थे और बाकायदा उनका एक पद होता था तो खैर चलिए दर्शकों चंद्रदेव जो रहेंगे ये आज रहेंगे मेष राशि में सुबह चार तक, तक तो मीन राशि में रहेंगे लेकिन जो है ये फिर मेष राशि में चले जाएँगे और नक्षत्र जो रहेगा सूर्य जो है माफ करिएगा सूर्यकालीन जो राशि रहेगी ये सिंह राशि रहेगी और सूर्य नक्षत्र जो रहेगा ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा चंद्र नक्षत्र रहेगा रेवती इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र लगेगा दर्शकों दिशा की बात करते हैं तो सोमवार दिन रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा मत करिएगा दिशाशूल रहता है पूर्व दिशा में यदि यात्रा करनी पड़ तो दर्पण को देख करके यात्रा करिएगा और आप कोशिश कीजिएगा कि चीनी का शक्कर जानते हैं मिश्री का सेवन करके तब यात्रा करिए और पहले पश्चिम की तरफ आपको चार पग चलने हैं उसके उपरांत पूर्व दिशा की ओर आपको चलना रहेगा राहु काल का समय बता देते हैं कैसा काल है कैसा समय कि इस दौरान आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो सात बजकर सत्ताईस मिनट प्रातः से आठ तक की राहुकाल रहेगा लखनऊ क्षेत्र का कहीं कहीं देखिए लिखा रहता है साढ़े सात से नौ बजे तक का तो दिल्ली को मानक मान करके बनाया जाता है ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है शुभ कार्यों को यदि आपको करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि विजय मुहूर्त में कर लीजिएगा दो बजकर तीन मिनट से दो बजकर बावन मिनट तक का विजय मुहूर्त है ये मुहूर्त काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें काम कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं ग्यारह मिनट से बारह मिनट तक की दोपहर में रहेगा तो इसमें भी आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं तो ये तो था दर्शकों हमारा देखिए जो है पंचांग तिथिवार नक्षत्र योग कर पाँच अंगों पर आधारित होता है पंचांग और अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल की ओर कि आज का हमारा राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया ले करके आए लेकिन दर्शकों बताना चाहेंगे कि 22 और 23 तारीख को इंदौर और उज्जैन में आ रहे हैं तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी यहां से हैं आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं या इंदौर वाले उज्जैन भी आ सकते हैं या हम ही चले आएँगे आप लोग फटाफट संपर्क कर सकते हैं तो चलिए दर्शकों मेष राशि की ओर आगे बढ़ते हैं आज तो मेष राशि के जातकों आज आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप अपने छोटों से कुछ सीखते हुए नजर आए जो है आएंगे ऑफिस में कार्यक्षेत्र में आज आपके उच्च अधिकारी आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आ रही शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है आज आपके माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे बनेंगे और आज आप जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते हुए नजर आएंगे भौतिक सुख साधनों की बढ़ोतरी होगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन शिवलिंग पर जल से अभिषेक कराइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर हमारी जो अगली राशि है ये आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जात को आज आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा आय के नए स्रोत सामने आएंगे ऑफिस का काम का रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा जीवन साथी आज आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेगा आज आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं और आज अचानक से आपके ऊपर पैसों का बोझ बढ़ सकता है घर में माता पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं वहीं कार्य में ऑफिस में आप थोड़ा सा अपनी जो है वाड़ी का प्रयोग सही से करिएगा अन्यथा आप किसी दिक्कत में फंस सकते हैं मान सम्मान आपका ठीक रहेगा और शाम तक की कोई मेहमान जिसके बारे में जो है आपने सोचा नहीं होगा वो आपके घर पर दस्तक दे जाएगा धन संपत्ति में वृद्धि होके लेकिन खर्चे आज आपके बढ़ेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज मंदिर में चीनी का और मिश्री का दान करिए इससे आपको धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण मिथुन राशि के जात को तो आज आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हुए नज़र आएंगे घर के लिए कुछ नया सामान वगैरह क्रय करते हुए नजर आ रहे हैं किसी काम में जीवन साथी की आज आप मदद करते हुए नज़र आएंगे अन्य स्रोतों से आज आपको आय मिलती हुई दिखाई दे रही कैरियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते आपके खुलेंगे कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो तरक्की के नए रास्ते आपके खुलेंगे आज आपको किसी पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए रास्ता मिलेगा, आपने आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर कर्क राशि के जात को क्या कुछ कहता है आज का दिन सोमवार का दिन क्या लेकर के आया है तो आज आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा ऑफिस में कामकाज का बोझ अधिक हो सकता है लेकिन अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी आपके लिए अनुभवी व्यक्ति की राय बेहतर साबित होगी जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आज आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं कारोबार में आपको जो है फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आज आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखेंगे आज आप किसी निजी काम पर अधिक पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे छोटे बच्चों के साथ आज आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं इसके साथ साथ आज बच्चे आपके बड़े जित करेंगे तो कोई एक्सपेंसिव चीज भी आज आप कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर कार्यक्षक के जातकों के के के के लिए आज आज होती हुई दिखाई पड़ रही है। उपाय के तौर पर पर करना क्या रहेगा? तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दूध का करिए पाठ से शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा लेकिन दिशा ध्यान रखा करिएगा सिंह राशि के जात को क्या कुछ कहता है आज का राशिफल तो आज साहब आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा कैरियर में आपको सफलता मिलेगी आप किसी पारिवारिक समारोह में जाएंगे किसी लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन धार्मिक गतिविधियों में धार्मिक क्रियाकलाप में आज आप सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे ऑफिस में आज आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे आज अपने कार्यक्षेत्र पर आप तालमेल बनाते हुए नजर आएंगे मेहनत के बल पर ही आज आप सब कुछ हासिल करते हुए नजर आएंगे कोशिश कीजिएगा कि किसी महिला को आज चीनी का या मिश्री का दान आप लोग जरूर करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एकमाला का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा कन्या राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे लेकिन शत्रुओं में वृद्धि होगी वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा ऑफिस के किसी काम से की गई यात्रा से आज आपको बेहद लाभ होगा परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा अध्यात्म की तरफ आज आपका कुछ रुझान होगा आप जिस भी काम को करने का प्रयास करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी लेकिन बहुत संघर्षों के बाद खास करके जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है कैरियर में सफलता आपकी सुनिश्चित रहेंगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग दुर्गा जी के बत्तीस नाम का जाप करिए और रुद्राष्ट का पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण तुला राशि आज अपने आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला जीवन साथी के मदद से आज आप तरक्की पाते हुए नजर आ रहे हैं आज आपका पैसा कर किसी को देते हैं तो अटकता हुआ नजर आएगा और मन आज आपका कुछ परेशान रहेगा हालांकि जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जिसके कारण आप इन सब परेशानियों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे आज के दिन कार्य क्षेत्र में आपको किसी दूसरे की मदद मिलेगी कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व आपके जीवन में आ सकता है और वो आपकी दिशा और दशा बदल करके रखेगा इसके साथ साथ आज आपके माता का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है और जिसके कारण आपका पैसा भी उसमें लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए और घर से निकलने से पूर्व दर्पण देख करके और कुछ मीठा खा करके ऑफिस में जरूर निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो वृश्चिक राशि के जातकों आज दोस्तों के साथ आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं आज आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होते हुए नजर आएंगे आपके सामने जो सर उठाते थे वो आपके सामने नतमस्तक होंगे परिवार के दूसरे लोगों से आज आपको मदद मिलेगी आज आपका परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आएगा वही अपनी वाड़ी पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शनि और केतु का गोचर देखिए चल रहा है तो वाड़ी का भाव होता है कार्य क्षेत्र में अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा अन्यथा अपने शब्दों के द्वारा ही आज आप कुछ होते हुए नजर आएंगे प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी यदि कोई टीचिंग क्षेत्र से रिलेटेड जॉब कर रहा है तो उनके लिए खास दिन रहने वाला है बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए आज कोशिश कीजिएगा कि योग प्राणायाम का आप लोग सहारा लीजिए जंक फूड से आपको बचना रहेगा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाना है आपको उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो शिवलिंग पर बिल्बुपत्र से अभिषेक बिल्बपत्र रख करके जल से अभिषेक करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर पूर्व दिशा धनुराशि क्या कुछ नया है आज सोमवार का दिन कैसा रहेगा तो आज कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा शैक्षणिक कार्यों में आपका ज़्यादा मन लगेगा हालांकि जीवन जीवनसाथी से कुछ खिटपिट हो सकती है क्योंकि आपके लग्न में ही शनि और केतु बैठे हुए हैं और राहु पर राहु सप्तम स्थान पर बैठे हैं तो यहां पर जीवनसाथी के साथ कुछ मन हो सकता है सामाजिक मान सम्मान दायरा आपका बढ़ेगा जिनके साथ आज आप बिजनेस कर रहे वो हो सकता है आपको चीत करते हुए नजर आए किस्मत का आज आपको अच्छा साथ मिलेगा उच्च शिक्षा के लिए जो लोग प्रयासरत हैं वो लोग बाहर जा सकते हैं आज सुख के साधनों पर भोग विलासता पर आपका धन अधिक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है आज आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल करेंगे आज आपके मन की कोई विश या इच्छा पूरी का होती हुई नजर आ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दुर्गा सप्तती की सिद्ध पुंजिका स्रोत के पाठ के साथ साथ शिवलिंग पर समय पत्र चढ़ाइए और दूध से अभिषेक करिए दिन शानदार जानदार दोनों रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा कैपरी कौन मकर राशि क्या कुछ नया लेकर के आया है तो मकर राशि के जात को आज आपका खर्च अचानक बढ़ सकता है सुख के साधनों पर आज आप पैसा अधिक खर्च करेंगे और आज आपके अपने कोई काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उनसे सावधान रहना रहेगा किसी भी काम को करने से पहले बड़ों की सलाह आपको लेना फायदेमंद साबित रहेगा आज माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो कोई स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए दिन ठीक रहेगा कोर्ट कचेरी से संबंधित कार्यों में आज आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। रिश्वत लेने से आज आपको बचना रहेगा ना फंस सकते हैं आज के दिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा न कोई चोट चपेट के भी शिकार हो सकते हैं यात्राओं की लंबी दूरी का योग बन है बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं होंगी और सार्थक यात्राएं होंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आज के दिन पीपल का पत् जो है पीपल के जो है वृक्ष पर आपको जल अर्पण करना रहेगा जल में काला तिल डालकर के आपके पित्र लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी दक्षिण दिशा वही एक्वायर्स एक कुंभ राशि तो आज आपको कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा आज आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा किसी के सामने आज आप दबेंगे नहीं लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ आज आप बात विवाद कर सकते हैं आज आपको सफलता लेट मिलेगी शाम तक की मिलेगी लेकिन आप मेहनत जरूर करिएगा सफलता मिलेगी जरूर आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर रहेगा कैरियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आएंगे सोचे हुए कुछ जरूरी काम आज आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे जिससे आप बड़े ही ज़्यादा खुश रहेंगे तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहने वाला है कोशिश कीजिएगा कि आज शिवलिंग पर बिल्व पत्र रख करके आपको जो है जल में शहद डाल के, के पार्ट से करना रहेगा और महामृत्युंजय की एक माला का करना रहेगा। आपके लिए शुभ कलर महामृत्युंजयर फेसबुक पेज पर, पर तो लाइक कीजिए फॉलो कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण से मिल करके करवाना है तो उज्जैन आगमन हो रहा है तो आप लोग आकर के मिल सकते हैं और पर्सनली भी जो है मिल यहाँ आ लखनऊ मिल सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तो दर्शकों वार्षिक राशिफल भी सभी राशियों का पड़ गया मीन राशि के जात को आप लोगों का भी वार्षिक राशिफल पढ़ा है आप लोग जा कर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो क्या कुछ कहता है मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा घर पर अचानक कई मेहमान आ सकते हैं धार्मिक कार्यों में आज, आज आप रुचि लेंगे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे जीवन साथी के सहयोग से आज, आज आपका कोई जरूरी काम पूर्ण होगा परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं बाहर जा सकते कारोबारी वर्ग को आज धनलाभ होने की उम्मीद बन रही है आज दोस्तों के साथ आपका समय काफी अच्छा बीतेगा कोशिश कीजिएगा कि आज मंदिर में कपूर का दान करिए और यदि हो सके तो शिवलिंग पर शक्कर डाल करके उसके बाद जल से अभिषेक जरूर कीजिए इससे आपके व्यापार में लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर पूर्व दिशा तो कैसा लगा हमारे राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब बेलाइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलती अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार